मैं मैली चादरे के, के द्वार तुम्हारे आ चादरे पा मे मच बूढ़े के कै थे गार तुम्हारे आ जग में देकर निर्मल काया तूने मुझे को भेजा जग में देकर निरमल काया आकर के सन शर्म मैंने इसमें लगाया आकर के सन धर्म मैंने इसमें दाग लगाया जन्मे जन्म की जन्मे जन्म मैली चर कैसे मली चादर कैसे नारे तुम्हारे मैली चादर निर्मल बानी पाकर मैंने नाम तेरा न गाया ओ निर्मल बानी पाकर मैंने नाम तेरा न गाया करे पर मै त्वरे नैन कर हे पर मै कभी न तुझको ध्याया नैन मुंदी कर हे पर स्वरे कभी न तुझको ध्याया मन बिना की तारें टूटी मन बिना की तारें टूटी अबे क्या गीत सुना मैं के कहे कह तुम्हारे आ पर मे स्वर मेरे हे पावन पर मे स्वर मेरे मनी मन शर्मा मैली चा कोढ़े के कैसे गारे तुम्हारे आऊँ चादर इन पैरों से चल कर मैंने मंदिर तक आया हो इन पैरों से चल कर मैंने मंदिर तक ना तेरी कहींना से झुकाया जहां जा हो पूजा तेरी कहीं ना से झुकाया हे हरि हरि मैं हर के आया हे हरि हरि हार के आया अब क्या हार तला मैली चादर उड़ के ते दार तुम्हारे आऊं तुम हो या पर हम पार दयालो सार जगत के संभाले तुम हो या परेयम पार सार जगत के संभाले जैसा भी मैं हूँ तेरा अपनी तरने में लगा ले छोड़ के तेरा द्वार दाता छोड़ के तेरा द्वार ये दाता और कहीं ना न जाऊ मरी का गार तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर मेरे हे पवन पर मे स्वर मेरे मनी मैने घगड़ाऊँ हे मैरी तार कैसे गार तुम्हारे आऊं मली के उड़त कर मली चादर उड़त कर